ye come on khamoshi yeah, si hai doston ki kamizi hai khamoshi si hai doston ki kamizi hai sapna apna soch hoga koi apna manzil na jane ankhon mein si hai nazar na sa deta hai कामुशी सी है है दोस्तों की कमी से है है है है है है है है है सी बचपन कंचे गुल्ली डंडा पतंग उड़ाने में चोरी के आम छीन के आने में लड़की बेटा के गाड़ी पे घुमाने में खामोशी सी है है है दोस्तों की कमी से है सी है है वो कल याद में जो पिटारा वक्त के तहरा में पाया वक्त कुछ मोबाइल के जमाने में बुलना पाया कल आज छिपाने में खामोशी सी है दोस्तों की कमी सी है, है, है। A wishy-washy head, head, head, head. A lusty, tommy, see, see, see.